अजीज दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरते फातिमा की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यानी के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हजरते अली रजियाल्ला और हजरत फातिमा रजियाल्ला की शादी कैसे हुई इनका निकाह किसने पढ़ाया सल्लल्लाहु ने अपनी प्यारी शेयर भी कर दे ताकि और भी मुसलमानों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके प्यारे दोस्तों जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजियला बालिग हो गई तो जरत अली रजियाल्ला से इसके बारे में मशवरा किया और हजरत अली रजियाला आप भी हजूर सल्लाह की बारगाह में निकाह के लिए पैगाम भेजे इसके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ने पैसों ऐसी मदद करने का भी फरमाया दोस्तों उसके बाद जब सारे साहब अल्लाह ने हजरत अली रजल्लाया तो हजरत अली रज्लाजूर सल्लाम की बारगा में हाजिर हुए लेकिन शर्म की वजह ऐसी अर्ज न कर सके और अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे आखिर में हजूर सल अल्लाह तुसम ने खुद ही फरमाया बात है बताओ कहो क्या कहना चाहते हो इस पर हजरत हज़रतली रज अल्लाह ने अपना इरादा जाहिर फरमाया जिसको सुनकर हजूर सल्लाया मंजूर है उसके बाद दोस्तों और हजरत फातिमा रज अल्लाह तन की शादी होना तय हो गई दोस्तों उस जमाने में यानी कि हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल अल्लाह तसल्म के जमाने में जो सबसे बड़ी शादी थी वो थी हजरते फातिमा और हजरत अली की ही शादी थी इस शादी से साहबाए कराम इतने खुश थे कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और खुशी होती भी क्यों नहीं आज तो उनके नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली थी अगर आपके और हमारे बीच किसी रिश्तेदार के घर पर कोई शादी होती है तो हमारा भी दिल किस तरह से खुश होता है यानी यही वजह थी कि सारे साहबाए कराम बहुत ज़्यादा खुश थे दोस्तों उसके बाद से सारे साहबाई क्राम रज्ला एक जगह बैठे और बैठ कर मशवरा करने लगे ये फातिमा को शादी में क्या देना है इस पर एक सहाबी कहते हैं कि नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली है इसीलिए तो मैं फ़ातिमा को एक चीज देने वाला हूँ तो दूसरे साहबी कहते हैं कि मैं ये फला चीज देने वाला हूँ तो तीसरे सहाबी कहते हैं कि मैं भी ये फला फला चीज़ देने वाला हूँ दोस्तों वहीं पर हजरते सलमान फारसी रज अल्लाह तु भी मौजूद थे वो कहने लगे के सब थोड़ा थोड़ा करके मत दो सब अपना पैसा एक जगह पर इकट्ठा करो और जमा करने के बाद फिर सब लोग एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो हजरत फातिमा के लिए और फिर हम हजरत फातिमा को ये जोड़ा दे देंगे तो इस पर हजरत सलमान फारसी रजल्ला तरमाने लगे कि ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे के नबी की प्यारी बेटी की शादी में फातिमा ने ऐसा जोड़ा पहना है कि ऐसा जोड़ा आज तक भी किसी ने नहीं पहना हो सारे सहबा को यह आया और सारे साहबाओं ने चादर फैला दी और कहा जिसको जो कुछ भी देना हो वो इस चादर में डाल दो नबी की प्यारी बेटी का जोड़ा बनेगा दोस्तों ऐसा करते करते पैसों का ढेर लग गया साहबाओं ने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और अल्लाह के रसुल्लाहलम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे या रसूल सल अल्लाह तलाम आपकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली है और हम सब हजरत फातिमा के लिए शादी का एक जोड़ा खरीदना चाहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल अल्लाह तल्म ने ये देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो इन पैसों को यहाँ से हटा दो इस चादर को यहाँ से हटा दो ये सारा का सारा पैसा अल्लाह की राहरा कर दो ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो तो इस पर साहबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम सब अपनी खुशी से दे रहे है ये हमारी हलाल की कमाई है और हम इस हलाल की कमाई से फातिमा को शादी का जोड़ा तोहफे में देने वाले है तो दोस्तों इस पर अल्लाह के सल्लल्लाहु ने फरमाया रसुल्ला नहीं ऐसा मत करो वरना मेरी बेटी जब ये शादी का जोड़ा पहनकर जाएगी तो कयामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में दुल्हन जो जोड़ा पहनकर आई वह बहुत भारी और कीमती होना चाहिए क्यूँकी हजरत फातिमा ने भी अपनी शादी में भारी और कीमती जोड़ा पहना था ए मेरे साहबा तुम्हारी नजर शादी की खूबसूरती पर है और मेरी नजर कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत पर है दोस्तों उसके बाद सारे ने वो पैसा वापस इकट्ठा किया और वापस चले गए और उन सारे पैसों को गरीबों में खैरात कर दिया उसके बाद एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लाह तलाम और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अनह घर में है और इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया अल्लाह के रसूल सल्लाह तलाम उठे और दरवाजा खोला आने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि हजरत जिब्राइल जिब्राहम थे और उनके हाथ में एक जन्नती जोड़ा था और वो जोड़ा ऐसा चमक रहा था कि हजरते फातिमा फरमाती है कि जब जोड़ा मेरे हाथ में आया तो कपड़ा मेरे हाथ में था और उसकी चमक आसमान में थी दोस्तों जब पहले सहबा कि जब जोड़ा भेजा तो आप सल्लाम ने उसे वापिस भेजा मगर ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया जोड़ा था इसे वापस कैसे करते दोस्तों साल सन 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तह की शादी हजरत अली रदी अल्लाह तहू से हुई ये शादी इंतहाई वकार और बड़ी सादगी के साथ हुई हुजूर हजूर सल वसल्लम ने हज़रत अनस रदी अल्लाह तन को हुम दिया कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियन हज़रतमान और मस्जिद में इकट्ठा करे दोस्तों उसके बाद जब सारे अल्लाहु में जमा हो गए तो हजूर सल्ला ने खुदबा पढ़ा और आप सल्ला ने हजरत फातिमा का निकाह हज़रत अली रजिय चालीस दीनार की मेहर बांधकर मस्जिद नबी में निकाह पढ़ाया और उसके बाद आपने बांटे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हुजूर तो सल्लल्लाहु इस्लाम की शहजादी हजरत फातिमा रज अल्लाह को दहेज में जो जो सामान दिया उसकी फहरिस्त यह है यानी के हजरते फातिमा को दिए जाने वाले दहेज की लिस्ट ये है आप सल्लाह ने आपको तोहफे के तौर पर एक तख्त एक तकिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी एक प्याला एक मश्क दो चक्किया दो मिट्टी के घड़े दिए थे उसके बाद हज़रत हारिस बिन नौमान अंसार ने अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु सल अल्लाह तसल् इसीलिए उनको नजर कर दिया कि जिसमें हज़रत अली और हज़रत फातिमा रजाला तला सुकूनत फरमा सके दोस्तों हजूर सल अल्लाह वसल् ने अपनी प्यारी बेटी हजरते फातिमा रजील को जो कुछ दहेज में दिया वो सब कुछ ज़रूरत के सामान थे मगर आज अफसोस लोग ऐशो आराम और रुपयों की नुमाइश की चीज़ें दहेज में देने लगे हैं फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों नबी करीम सल्ला वसम ने दोनों को अपने घर से विदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु सल्लाह तल्लम ने फरमाया घर पहुंचकर तुम दोनों मेरा इंतजार करना थोड़ी देर के बाद आप बेटी के घर पहुंचे वजू के लिए पानी तलब फरमाया वजू फरमा लेने के बाद बचा पानी आपने बेटी और दामाद पर छिड़क कर यू दुआ फरमाई ए अल्लाह इन दोनों में बरकत फरमा इन पर अपनी बरकत नाजिल फरमा और इनकी नस्ल में बरकत दे अल्लाह के रसूल सल अला वसलम ने अपनी बेटी ऐसी बड़ी मोहब्बत की आप फरमाया करते फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया हज़रत जमी बिन आमिर फरमाते हैं मैं अपनी फूफी के साथ एक बार हजरत बीबी आयशा की खिदमत में गया मैंने अमुल मोमिन से पूछा अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस फरमाते थे उन्होंने जवाब दिया हज़रत बीबी फातिमा से मोहब्बत का तक ये था कि आप सल्ला वसलम जब भी बाहर से तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मस्जिद नब्वी में दो रक़ात नमाज अदा फरमाते फिर हज़रत बीबी फातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते उसके बाद उमहातलमिन से मुलाकात के लिए जाते यही वजह है कि तौर तरीके चाल ढाल में वही हज़रत रसूल अक्रम सम जैसी थी हजरत बीबी फातिमा जब भी आपके पास आती तो मोहब्बत के मारे आप खड़े हो जाते और उन्हें अपने पास बिठा लेते हजरत फातिमा रजियाल की घरेलू जिंदगी बड़ी तंगी से गुजरती थी आपके घर के सारे कामकाज आप खुद किया करती बच्चों की परवरिश शोहर की खिदमत और अल्लाह की इबादत आपके रोजाना के मामूल थे रात को घर के सारे काम काज ऐसी होकर जब आप इबादत के लिए खड़ी